हमारे जहनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है कामयाबी पैसे से, से, से, से, से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है कामयाबी इकतदार से है, ये मेयारात हैं जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब जो जितना मशहूर उतना कामयाब जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब यही है असल में सारी विष की गांठ जो तस्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भाग दौड़ होगी उसी के लिए जिद्दोजहद होगी उसी के लिए तोनाईया सर्फ होंगी उसी के लिए दिन रात की मुशक्त होगी यह है असल शह जिसकी यहां नफी हो रही है कामयाबी दौलत से नहीं कामयाबी शहरत से नहीं कामयाबी इ और ताकत और हुकूमत से नहीं बल्कि कामयाबी है ईमान से अमल साल से तबासिबिल हक से सब से अब गौर कीजिए इस नुक नजर का इस एटीट्यूड का ये जो मेंटल एटीट्यूड है इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इंतलाब और पकड़ेगा अब आपका नतीजा क्या निकला अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कानून बहुत कामयाब था अगर हुई तो फिर कामयाबी नहीं है दौलत में कानून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इफ्तार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वह नमरूद और फिर का मकाम हासिल कर ले वो नाकाम है खाइब है, है बर्बाद है और अबूजरफारी कामयाब है चाहे उनके पास कुछ नहीं था झोपड़ी तक नहीं थी कोई घर नहीं था हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में दाना चाहे तो उन्हें इजाजत ना मिले जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार न हो कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनके कसम की लाज रखता है यह है फर्क ये जान लीजिए अच्छी तरह इस बात का मान लेना आसान इस पर सुबह अल्लाह कहना आसान लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से वो बड़ा महल है देखकर एक दफा झुंझुरी आती है तो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा सीब बड़े, बड़े, बड़े कामयाब हालाम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो, हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो अगर जहनों में यह बात बैठ जाए कामयाबी किस शैसे यही वजह देखिए कुरने मजीद में बारह आप देखिए आज ही आपने नमाज में वो आयात सुनीमान वालो रुकू करो सजदा करो अपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ तो कामयाबी किन चीजों से है ये है सबसे बड़ा सबक यह हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए ठुक जाए तो जिंदगी बदल जाएगी सुबह शाम बदल जाएंगे नक्शे बदल जाएंगे भाग दौड़ का रंग बदल जाएगा वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा आज वो एक चीज बेहद अहम नजर आ रही है कल बेहद गैर अहम नजर आएगी जैसे कि हुजूर की हदीस है माली वाली दुनिया मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है? نما مسلی کرا کے بن استدل تحت شجره ثم راح فتركها میری مثال تو اس سوار کیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون ہم تو مسافر ہیں हम के पास से आए अल्लाह की तरफ हमें लौट जाना है नामिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम हो या राह चलते मुसाफिर हो लेकिन यह तर्ज अमल कब होगा जबकि ये आयत हमारे के अंदर बैठ गई होमन ये है असल बात जो मैंने अर्ज किया था कि मैं बताऊंगा सहाबा क्यों एक दूसरे को याद दिलाते थे इसलिए कि देखिए जैसे बर्फबारी अगर हो रही हो आप बाहर निकलेंगे तो बर्फ आपके कपड़ों पर जम जाती है ना तो आप झटकते हैं कपड़ों को ताकि बर्फ हट जाए हमारे ईमान पर इस दुनिया में रहते हुए जब हम मुतासर होते हैं माहौल से तो गर्दा आ जाता है बर्फ पड़ जाती है उसको झटकते रहने की जरूरत है और वह झटकने की बेहतरीन और मौसर तरीन शक्ल यही है कि याद रखो कामयाबी इन चीजों से नहीं है चमक दबक जो है दुनिया की ये सारी चमक दबक जो तुम्हें रिझा रही है जो तुम्हें अपने अंदर गुम किए हुए हैं यह लफ्ज गुम पर इकबाल का वो शेर याद आ गया कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की यह पहचान के गुम उसमें है आफाक तुम गुम ना होकर रह जाओ इसमें मबहूत ना होकर रह जाओ मरूब न होकर रह जाओ दुनिया ही की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर डेरे न डाले तुम्हारे दिलों के ऊपर मुसलत न हो जाए, लिहाजा ताजा करते रहा करो बिलबास बिल सब फिर याद कर लो फिर ताजा कर लो अपने इस यकीन को कि कामयाबी दौलत से नहीं कामयाबी सरबत से नहीं कामयाबी इकतदार से नहीं कामयाबी शहरत से नहीं कामयाबी जायदाद से नहीं कामयाबी है ईमान से कामयाबी है अमल साले से कामयाबी है तवासिबिल से कामयाबी है तवासिबिल शब्द से ये चार चीज़ें हैं कि जो कामयाबी के लवास